कैसा लग रहा है है रिलैक्स हो रिलैक्सा ज्यादा ब्लॉ गै खुली कदम खुलिए बीच का पार्ट mm -hmm. खुलना भी. Mm -hmm. बाकी तो मैं चाहूंगा कि friends, मैं आपका सूरज ओडिशा से है में जॉब करता है है और मैंने इसका भी कपिंग किया है। और कब से हो ग्रेटर में मैं तीन साल साल से और घर से दूर रहकर भी इसने इसकी बॉडी देख के बिल्कुल लगता है कि ये छह दिन एक्सरसाइज करने वालों <laughs> सात दिन बीस बीस मिनट होगी क्योंकि अच्छा, तो ये फुल पे है, सिर्फ दो चार इंजेक्शन लगे और ये बल्कि हो जाएगा है ना अदरवाइज परफेक्ट शेप में बहुत अच्छी इसकी बॉडी है बट मोस्ट ऑफ को पता नहीं है कि एक सात दिन एक्सरसाइज, एक दिन एक्सरसाइज एक करने के वजह से एक नेचुरल स्ट्रिफनेस आती है जिसको आप बीमारी नहीं बोल सकते बॉडी हार्ड होती ही होती है वही इसकी स्ट्रिफनेस है वही इसको दिक्कत दे रही होगी वही इसको फटीक पोजिशन में रखती होगी और अपने वर्क प्लेस पे और रात को सोते समय भी थोड़ा सा, रह, थोड़ा सा दो चार परसेंट डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है तो तो मैं एक एक चीज ये एडवाइस करूंगा ट्रीटमेंट के अलावा कि कि पहले तो एक दिन ऑफ okay. और मेक sure hmm. तो okay. okay. तो दो बार बॉडी पार्ट करते हो तीन बार करते हो तो पर बॉडी पार्ट नहीं नहीं एक बारे बारे मतलब एक एक बार बार तो सिंगल मतलब अपन ऐसा भी कर सकते हो की जो मेजरसाइज हो उसके पाँच सेट कर लो दूसरी जिसमें वेट ज्यादा उठाना होता है तो बिल्कुल नीचे से जाओ जितना आप रोज स्टार्ट करते हो उससे भी कम से स्टार्ट करो ठीक है और टाइम दे दे के उसको पांच सेट पे जा सकते हो मतलब वेट में। वेट में। आ, वेट लॉस लॉस लॉस में में <laughs> तो में तो तो तो ज़्यादा ज़्यादा करते हैं हैं सेट किए जाते मतलब चार से पांच सेट करते हैं छह भी करते हैं अभी तो मतलब फिलहाल वही तीन में चला जाता है मतलब आ, मैं भी से अच्छा। <laughs> <laughs> तो मैं इनका एडजस्टमेंट देख पाता हूँ हमें कैसे रुना यूट्यूब से देखा YouTube आपको ऐसे ही गया था नहीं आपने सर्च किया था? मैं तो चलो हिजामा तो हम सौ वीडियोस में एक वीडियो डालते हैं और ये भी बहुत ज्यादा क्रिक, -क्रिक एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा पहनते हो सकता आने वाले टाइम में काफी ज्यादा आएगा Relax. As usual, there's no pop-up sound here. Sit down again. Get locked again. Is there anything? Neither. So that's the point. बैक्सिसली भी आती है कि शायद ये ज्यादा अह लेग स्ट्रेच नहीं करता हूं हां लेग स्ट्रेच नहीं करता हूं जो, जो लेग की जाने एक्सरसाइज करता है वो बैक्सिस कितना ज्यादा स्टिक हो जाता है अच्छा नीचे लगा चलो क्यों नहीं करते हैं नहीं नहीं मैं करता हूं बोलो एक्सोम नहीं करता हूं मेरा बस मेरी गर्ट सीधा नहीं होती मुझे ये लेग्स इजी नेचर बिल्कुल ठीक है अभी रिलैक्स तो मैं चाहूंगा की आप चार पाँच बार आ जाओ और अच्छा खुलेंस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें किसी को इजामा की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो आप हमें इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू